नमस्कार दोस्तों आज मैं आप सबको जगजीत सिंह जी द्वारा गाया हुआ एक नगमा बहुत ही शानदार नगमा पेश करने जा रहा हूं और आशा करता हूं आप लोगों को पसंद आएगा hmm. Mhm hm hm से छू लो तुम मेरा गीत तमर कर दो होठों से छू लो तुम मेरा गीत तमर कर दो बन जाओ मी मेरे मेरी प्री तमर कर दो से लो तुम मेरा गीत तमर कर दो से लो तुम मेरा गीत तमर कर दो होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो बन जाओ मी मेरे मेरी प्री तमर कर दो ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन उम्र की सीमा हो इसमें जो उम्र है उसको देखिए थोड़ा सा ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन उम्र ना नाय ना युम्र, ना नायम ना नाउ ना नायुम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन नई रीत चला कर तुम ये रीत अमर कर दो नई रीत चला कर तुम ये रीत रीतमर कर दो बन जाओ मी मेरे मेरी प्री तमर कर दो दूसरा मुगड़ा पेश कर रहा हूँ आकाश का सुनापन मेरे तन्हा मन में आकाश का सुनापन मेरे तन मन में आकाश का आकाश का आकाश का आकाश का आकाश का, का सुनापन मेरे तनवा मन में पायल छन का तुम आ जाओ जीवन में सांसें देकर अपनी संगीत मर कर दो सांसें देकर अपनी संगी तमर कर दो संगी तमर कर दो मेरा गीत तमर कर दो होठों से छू लो तुम मेरा गीत तमर कर दो हासिल गजल शेर पेश है जगने छीना मुझसे जगने जगने जगने, जगने। जगने छीना मुझसे मुझ जो भी लगा प्यारा जगने छीना मुझसे मुझ जो भी लगा प्यारा सब जीता कि ये मुझसे मैं हर दम ही हारा तुम हार के दिल अपना मेरी जीत तमर कर दो तुम हार के दिल अपना मेरी जीत तमर कर दो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 मेरा गीत तमर कर दो बन जाओ मीत मेरे मेरी प्री तमर कर दो मेरी प्री तमर कर दो मेरा गीतमर कर दो शुक्रिया दोस्तों धन्यवाद जय हिंद वंदे मातरम जय भारत